झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना मेरे जिंदगी के महार कहीं तुम बदल ना जा बली वाला मेरा याद है काली कुली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कुली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है गाँव में बस यही तराना गाँव में बस यही तराना श्याम सलोने श्याम सलोने श्याम सलोनी तू मेरा जज्बार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है कुली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कुमली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तेरा प्यारी ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे श्याम सनोने श्याम सनोने श्याम सनो ने तू मेरी पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है कुली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो तालींबली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है दस दिल दर्शन को प्यासा दस दिल दर्शन को प्यासा श्याम सलोने श्याम सलोने श्याम सलोने तू मेरा रिज्ब है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो कंबली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कंबली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है